भाजपा के युवा नेता आकाश सिंह राजपूत ने अपने जन्मदिन पर गायों की सेवा की और रक्षा का संकल्प लिया आकाश सिंह राजपूत ने कहा जन्मदिन तो बहाना है हमारा मकसद गायों को बचाना है बुंदेलखंड भाजपा के युवा नेता आकाश सिंह राजपूत ने अपने जन्म पर सुर्खी स्थित राम बाबा गौशाला पहुंचे जहां उन्होंने अपने साथियों के साथ गौशाला में गायों का पूजन किया एवं चिकित्सकों द्वारा उनकी स्वास्थ्य संबंधित जांच कराई इस अवसर पर आकाश सिंह राजपूत द्वारा आसपास के क्षेत्र के गौवंश पालकों के गाय और बछड़ों की लंपी वायरस की जाँच कराई तथा लंपी वायरस से बचने के लिए समस्त गायों तथा बछड़ो को निःशुल्क लंपी वायरस से बचाव का टीका लगाया गया इस मौके पर गौमाता की रक्षा का संकल्प उनके युवा साथियों ने लिया उन्होंने गौवंश के लिए स्वास्थ्य संबंधित हेल्पलाइन नंबर शून्य भी जारी किया आकाश सिंह राजपूत ने गौशाला में ग्रामीणों तथा युवाओं से कहा कि गौमाता से लाभ ही लाभ है गौमूत्र से सैकड़ों बीमारियां खत्म होती हैं गोबर से लकड़ी कंडे बनाए जाते हैं और गाय का दूध चौकी धरती का अमृत माना जाता है आकाश ने जन्मदिन की खुशियों में उन बच्चों को शामिल किया जिनके माता पिता नहीं हैं या मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण उन्हें माता पिता ने छोड़ दिया है ऐसे बच्चों के बीच पहुंचकर आकाश सिंह राजपूत ने अपना जन्मदिन मनाया आकाश सिंह शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री गोविंद राजपूत के पुत्र हैं जन्मदिन के अवसर पर सुर्खी विधानसभा के लिए हम लंपी वैक्सीन लेकर आए हैं लंपी वैक्सीन आप सुर्खी बलैरा जयसी नगर नाथगढ़ अन्य सभी जगहों पर पा सकते हैं हमारे साथ जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं इन सभी के पास लंपी वैक्सीन अवेलेबल है आप अगर आपको लगता है कि आपकी गौ माता को ये लक्षण और गठाने बुखार अन्न आदि आ रहा है तो आप इन सब को कॉल करके अपनी जानकारी लें और लंपी के लक्षण दिखते हैं तो ये सब तुरंत निदान करेंगे। What starts here changes changes the the the the the world, world the world world, of opportunities, the world of opportunities, inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages, and delivering बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड एल एन सी टी ग्रुप चूज Group, choose the best to be the best. For admissions call वन